Friend. अगर आप लाइफ में खुश रहना चाहते हैं तो गलत दोस्तों के साथ कहीं मत रहें दोस्तों लोग आपको जानते हैं क्या करेंगे आपकी मनोबल कम करेंगे या तो गलत लोगों के साथ मत रहिए जैसे कि आप जो चीज़ मुकाम हासिल करना चाहते हैं फ्रेंड अगर आप लाइफ में कुछ भी कहीं भी सक्सेस रहना चाहते हैं तो उन लोगों के साथ मत रहिए अपने से छोटे लोगों से भी सक, कहीं मत रख कीजिए तक कोशिश बने कि अपने से बड़े लोगों के पास करने की कोशिश कीजिए पढ़ाई उन लोगों साथ आप इंसल्ट हुई है वो लोग कुछ भी करें आप लोग को इंसल्ट करें जैसे करें मज़ाक उड़ाएं लेकिन मज़ाक झेलते हुए भी उन लोगों के साथ रहना कोशिश कीजिए क्योंकि छोटे लोगों के साथ रहेंगे आप तो आप लोग को जैसे जैसे इंसल्ट करेंगे प्लस उन लोग का प्रभाव पड़ेगा आपके तो, तो अगर बड़े लोग के साथ रहते हैं आप लोग दस बीस लाख रुपये मान लो पचास हज़ार कमाते हैं इंडिया के तो इतना कमाते हैं तो आप जरूर कुछ ना कुछ बीस पच्चीस का पंद्रह कमा सकते हैं ऐसे और छोटे लोग के साथ रहेंगे तो इसमें क्या होगा कि वो लोग कुछ भी नहीं कमाते कुछ लोग दो हज़ार चार हज़ार वो लोग कुछ भी नहीं कमाते उसी हिसाब की आपकी पड़ेगी वो इतना कमा रहे हैं इतना कमा रहे हैं आप बड़े लोग के साथ रहेंगे तो आपको पढ़ा पड़ेगी अरे यार होती, न कमा रहे हैं मैं भी कुछ कमाऊंगा, तो ऐसी संगत बनाएं फ्रेंड संगत एक ऐसी चीज़ होती है कि जिसके साथ रहेंगे आपको बहुत ही फ़ायदा होगी हर एक तरह से फायदा तो मेरी इस राय के लिए आप लोग कैसी लगे वीडियो आप कमेंट में ज़रूर बताएँ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड बाय बाय